भारत ऐसा देश देश जहां देवताओं के प्रति लोगों की आस्था उनके भक्ति भक्ति भाव भाव को दर्शाती है। है इस देश में भक्ति भाव का होना उतना ही सहज जितना जीने के लिए हवा पानी और भोजन का ग्रहण करना अपने ईश्वर के प्रति आप लोगों की श्रद्धा का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आज देश में तैतीस करोड़ देवी देवता विद्यमान हैं और उन्हें स्थापित करने के लिए अनेकों अनेक मंदिर भी भारत में अपने भगवान के प्रति लोगों की आस्था इतनी अधिक है कि विश्व के किसी भी कोने में ईश्वर का प्रतीक क्यों ना हो भक्तगण उनकी आराधना करने के लिए वहां पहुँच ही जाते हैं परंतु क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा अनोखा मंदिर भी है जहाँ आज तक कभी पूजा ही नहीं हुई यह मंदिर एक ब्रिटिश अफसर के आदेश पर लगभग 118 साल पहले बंद कर दिया गया था और यह मंदिर आज तक बंद ही है इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं जैसे यह मंदिर अधूरा है यह मंदिर श्रापित है यह मंदिर सैकड़ों सालों से रेत में दफन था इस मंदिर की वजह से कई समुद्री जहाज़ों को भारी नुकसान उठाना पड़ा यहाँ तक कहा गया कि इस मंदिर की वजह से कई समुद्री जहाज डूब भी गए इस मंदिर के एक कारीगर ने इसके उद्घाटन से ठीक एक रात पहले आत्महत्या कर ली थी इस मंदिर में आज भी रात को घुंगों की आवाज़ सुनाई देती है नमस्कार दोस्तों मैं हूं आप देख रहे हैं इंस्टा दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे ही अनोखे मंदिर के बारे में बताऊंगा जहां कहा जाता था कि वहाँ की मूर्ति हवा में तैरती थी और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या है इस मंदिर के पीछे अगर रहस्य तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बनी रहिए है परंतु तो उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल Instagram को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको भी नई नई जानकारी सबसे पहले पहुंचती रहे तो चलिए आइए शुरू करते हैं सूर्य देव जिनके हर दिन का आगमन एक देवता के साक्षात दर्शन कहलाता है कलयुग में सूर्य देव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने हैं जिनकी पूजा हम उन्हीं के सामने खड़े होकर कर सकते हैं तथा उनकी ऊर्जा को भी महसूस कर सकते हैं सनातन धर्म के पंच देवों में सूर्य देव को एक अहम स्थान प्राप्त है ज्योतिष में भी सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा गया है ये सूर्य देव हैं जो नवग्रह के स्वामी हैं जो किसी भी ग्रह को बल भी दे सकते हैं ता उसके प्रकोपों को शांत भी कर सकते हैं इन्हीं सूर्यदेव में आस्था रखने वाले एक राजा नरसिंह ने तेरहवीं शताब्दी में उड़ीसा राज्य के पुरी शहर से लगभग 23 मील दूर चंद्रभागा नदी तथा समुद्र तट के संगम पर एक भव्य मंदिर बनवाया था जिसे कोणार्क मंदिर नाम दिया गया आज अपनी भव्यता के कारण यह मंदिर देश के दस चुनिंदा भव्य मंदिरों में शामिल है क्योंकि यह मंदिर समुद्र तट पर बनाया गया था इसीलिए इसका नाम कोणार्क मंदिर पढ़ा क्योंकि कोणार्क दो शब्दों से मिलकर बना है कोण और अर्घ पोण से मतलब किनारे से है और अर्घ सूर्य से है परंतु समय के साथ धीरे धीरे समुद्र पीछे हटता चला गया और यह मंदिर समुद्र तट से दूर होता चला गया कोणार्थ मंदिर पूरी तरह से सूर्य देव को समर्पित मंदिर है इसीलिए इसे सूर्य देव के काल्पनिक रथ की तरह ही बनाया गया जिसे सूर्यदेव के सात रंगों की तरह सात पैदे खींचते हैं जिसमें समय चक्र के चौबीस घंटों की तरह चौबीस पहिए लगे हैं यानी कुल मिलाकर बारह जोड़ी जो वर्ष की बारह ॠतुओं के समान है और प्रत्येक पहिया किरणों की मदद से दिन का एकदम सटीक समय बताते हैं आसान भाषा में कहें तो यह मंदिर एक खगोलीय उपकरण है स्थानीय लोगों की माने तो इस मंदिर के प्रत्येक दो पत्थरों के बीच में एक लोहे की प्लेट लगाई गई है जिसे संतुलित करने के लिए इसके तीस मीटर ऊंचे गुंबद पर एक बावन टन का चुंबक लगाया गया था इसी चुंबक की वजह से अष्ट से बनी सूर्यदेव की मूर्ति हवा में तैरती थी दोस्तों इस मंदिर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आज भी सूर्य की पहली किरण इसके मुख्य द्वार पर गिरती है ऐसा कहा जाता है कि उस समय अष्ट धातु से बनी सूर्य देव की मूर्ति के नाभि में एक हीरा जड़ा था जिसमें यह किरण पौरलौक होती थी जिससे इस मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती थी कोणार्क मंदिर की भारी दीवारों पर बनी कामुक चित्रों की वजह से भी यह विश्व प्रसिद्ध है एक और जहाँ इसका बावन टन का चुंबकीय गुंबद इसके मुख्य आकर्षण का केंद्र था वहीं दूसरी ओर यह इसके विनाश का कारण भी बना एक पुरानी कथा के अनुसार राजा नरसिंह ने इस मंदिर के वास्तुकार को यह सख्त हिदायत दी थी कि यह मंदिर 12 साल में केवल 1200 कारीगरों के द्वारा ही बनाया जाए परंतु तो जब आखिरी के दिनों में इस मंदिर के कुंबद के लगाने की बारी आई तो वह इसके वास्तुकार को कोई उपाय नहीं सोच रहा था तब वास्तुकार के ही 12 साल के बेटे ने इस मंदिर के गुंबद को लगाने के लिए एक सुझाव किया जिससे इस मंदिर का गुंबद ठीक तरीके से लग गया परंतु उसके बाद बाकी के कारीगरों में यह भय बैठ गया कि कहीं राजा उनका सरना कलम कर दे क्योंकि राजा के आदेशानुसार यह मंदिर 1200 कारीगरों के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए था उसके बाद उसी वास्तुकार के बारह साल के बेटे ने उन सब की जान बचाने के लिए इस मंदिर के गुंबद से कूद अपनी जान दे दी और जब यह बात राजा नरसिंह को पता चली तो उसने इस मंदिर को अभिशापित घोषित करके इसमें किसी भी प्रकार की पूजा ना करने का फरमान जारी कर दिया इसीलिए इसे वर्जन मंदिर भी कहा जाता है इसी के संदर्भ में एक कहानी और भी मिलती है कि तकरीबन ढाई सौ साल बाद जब मुग़लों ने भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने कई हिंदू मंदिरों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया जिनमें से एक मंदिर कोणार्क मंदिर भी था उस समय के सुल्तान बने अहमद खांतुर्रानी के नेतृत्व में इस मंदिर पर हमला किया गया और इसके बावन टन के चुंबकीय गुंबद को उखाड़ने की नाकाम कोशिश भी की गई परंतु जब वे इसके गुंबद को उखाड़ने में असमर्थ थे तो उन्होंने इसके गुंबद को दो भागों में तोड़ दिया इसी टूटे चुंबकीय गुंबद के कारण उस क्षेत्र में चल रहे समुद्री जहाज रहस्यमय तरीक़ों से गायब होने लगे ऐसा कहा जाता है जब कोई भी विदेशी जाच इस मंदिर के पास से होकर गुजरता तो इसके चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण से उसका दिशा सूचक यंत्र काम करना बंद कर देता जिसके परिणामस्वरूप या तो वो जहाज रास्ता भटक जाता या फिर वो पास के किनारे से जाके टकरा के डूब जाता जिससे बचने के लिए विदेशियों ने इसका एक नाम ब्लैक पकौड़ा भी रखा इसके बाद स्थानीय लोगों ने इस मंदिर को विदेशी आक्रमण और लुटेरों से बचाने के लिए इस मंदिर को पूरी तरह से बालू रेत में दबा दिया इसके बाद कोणार्क मंदिर बिल्कुल वीरान हो गया और जिस मंदिर को खत्म करने का इतिहास मुगलों के साथ जुड़ा है वहीं इस मंदिर को फिर से जीवित करने का इतिहास अंग्रेजों के साथ जुड़ा ऐसा कहा जाता है जब अंग्रेज व्यापार के लालच में हिंदुस्तान आए तो उन्हें कहीं से इस मंदिर के बारे में पता चला अंग्रेजों के द्वारा ही इस मंदिर को बालू रेत से निकाला और इसकी मरम्मत की गई तब अंग्रेज ये देखकर दंग रह गए कि बालू रेत में दबे इस मंदिर की ऊंचाई दो फीट है और इस पूरे परिसर की लंबाई आठ फीट और चौड़ाई पांच फीट है उसके बाद जब अंग्रेजों को इसके चुनके गुंबद के बारे में मालूम चला तो वो उसे उतार अपने साथ विदेश ले गए परंतु कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह गुंबद पुर्तगालियों के द्वारा लूटा गया था जिसके परिणाम स्वरूप यह मंदिर धीरे धीरे ध्वस्त होने लगा जिसको बचाने के लिए अंग्रेजों के ही एक अफसर ने इसके गर्भगृह में बालू रेत भरकर इसे बंद कर दिया तब से लेकर आज तक यह मंदिर बंद ही है दोस्तों कोणार मंदिर का निर्माण इतिहास की एक बड़ी घटना है यह मंदिर अपने अंदर ऐसे ऐसे राजदफन के बैठा है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया आज तक किसी को यह नहीं मालूम चला कि पांच लेरों में बने इस मंदिर में जोड़ क्यों नहीं नज़र आते हैं इस मंदिर की भारी दीवारों पर बनी पत्थर की आकृतियां इंसानी भाषा से कहीं अधिक आगे हैं इस मंदिर के संदर्भ में एक कहानी और कही जाती है जो श्री कृष्ण से जुड़ी है जिसके बारे में हम फिर कभी और बात करेंगे आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरा यह प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए दूसरों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए धन्यवाद